दूसरा खुश रहो तीसरा रोजाना एक्सरसाइज करें, दूसरे की प्रशंसा करें, भी करें, सकार रहें, खुद को मजबूत और बेहतर समझे खुद को शांत रखें, प्रशंसा जरूर करें, हमेशा सीखते रहें और पहले सुने पहले सुने और बाद में बोले ये टेन रूल्स वी हैव हाँ टू फॉलो Here is computer full form. Computer is an synchronous for common operated machine partially used for trading, education, entertainment, and research, or common operating machine purposely and educational research. And next next is computer stands for C CO for common, M for multi, P for purpose. And एंड यू फॉर यूटिलिटी एंड for terminal. Uh, इससे और भी आप बना सकते हैं कंप्यूटर का full form. कंप्यूटर full form बना सकते हैं Okay, next. Computer is derived. Computer is derived from the word, the word कंप्यूटी which means to calculate. दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो the word computer is एडॉप्टेड from a Latin word कंप्यूटरी which means to calculate or compute. जिसको हम लोग calculate कर सकते हैं ठीक है <coughs> the word computer is adopted from latin word computery computery ka latin word latin word se liya gaya computer word jiska matlab hota hai calculation or compute yani calculate bhi kar sakte compute bhi kar sakte hain next here is definition of computer the computer refers to an electronic data processing machine used for wide range of activities it process the data and gives information to us a computer is electronic that device that perform a variety of operation in accordance with the with a set of instruction called program kaene okay. ka matlab saaf hai ki ye itne prakar se maine che liya hai 6 ठीक है वेट, ठीक है, तो द कंप्यूटर रिफर्स टू एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन यूज फॉर वाइड रेंज एक्टिविटीज इट प्रोसेस द डेटा तो सारे का सारा जो है यहाँ दिया दे रखा है सिक्स तक मैंने जो लिया है कंप्यूटर का सिर्फ एक ही काम होता है कि जितना भी कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है वो क्या करेगा डेटा को एक्सेप्ट करेगा और इनपुट लेगा और बदले में उसको प्रोसेस करेगा बाय द हेल्प ऑफ सी और इंफॉर्मेशन एज ए आउटपुट जिस पर जिस मोनिटर पर हम लोग उसका आउटपुट देखते हैं उट मोनिटर मोनिटर को इसका है। ये है का। कोई भी आप लिख सकते इससे भी और हो सकता क्लियर नेक्स्ट तो दिस इज द सेशन अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। बी सेफ एंड बी स्टे एट होम कीप ए स्माइलिंग थैंक यू